मन को समझाते तो बहुत है फिर भी बहक जाता है गुस्सा कितना भी हो दिल बिगड़ जाता है माना कि तुझसे खफा है दिल फिर भी इस दिल की तू है मंजिल सुना है दिल का रंग लाल होता है क्या मुझसे दूर रहकर तेरा भी यही हाल होता है वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें